वाह क्या ये ये ये नोट नोट नोट नोट नोट मेरी है हमारे भैया ये हमका हम बहुत बीमार ये क्या नकली नोट <laughs>